तो बीनती करते महावीर चरणों में गिर के चरणों में गिर के चरणों में गिर के चरणों में गिर के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 बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी महावीर विकरंग बजरंगी कुमती निवार सुमत के संगी वो तो सभा में दिखाए सीना चीर के वो तो सभा में दिखाए सीना चीर के चरणों में गिर के हम तो तेज संहारो आप तीनों लोग हाकत का अपन तेज संहारो आप तीनों मैं तो ले कहा मैं तो कहाँ ले बखानो है सुबीर के चरणों में भी के सजी मन लखन जिया श्री रघुबीर हर सबूर लाय सजी मन लखन जिया रघुबी हर लायो वो तो बु ढागी के चरण गा कर महावीर गिर के चरणों में गिर के चरणों में गिर के चरणों में गिर के हम तो करते करतेमारी